आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसा पैसा पैसा लोग आजकल क्या कर रहे होते हैं पैसों से पैसा पैसा पैसा बस यही चीज जबान पर सुनने को मिलता है और कोई दूसरी चीज़ आती नहीं लोगों से पूछो यार क्यों इतना पीछे पड़ो पैसों पर उनका जवाब आता यही कि मेरे भाई पैसा है तो सब कुछ है लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि पैसा है सब कुछ ऐसा नहीं हमने बहुत से लोगों को ऐसे देखा कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है हर चीज है लेकिन मेरे भाई किसी पास सुकून नहीं है किसी पास और कुछ नहीं है किसी पास और कुछ नहीं है किसी पास और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो मेरे भाई हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए क्या ये हमारी आँखें कीमती नहीं हैं? क्या ये हमारी इल्म कीमती नहीं है क्या ये हमारा वक्त कीमती नहीं है ये सारी चीजें पैसों से आप खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं पैसों से तो आप बस खाली एक चश्मा खरीद सकते हैं लेकिन मेरे भाई नजर थोड़ी ना खरीद सकते हैं आंखे थोड़ी ना खरीद सकते हैं इस पर तो आप अल्लाह का अल्लाह ने आपको दो आंखें दी इन आंखों में मेरे भाई कितने डेंस होते हैं कितनी दूर तक का आप एकदम से फटाफट देख लेते हैं आप उतनी तेज दौड़ भी नहीं पाते लेकिन आपकी नजर उससे तेज दौड़ जाती है मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह ने आपको कान दिए नाक दी मुंह दिए जबान दी ये सारी चीजें कितनी नेमतों से मिली है मेरे भाई कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए तो हर चीज नेमत है हमारा ये वक्त भी नेमत है हमारा ये जिस्म भी नेमत है हमारा ये दिल भी नेमत है हर एक, एक चीज हमारी नेमत है लेकिन हम क्या इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं बिलकुल भी नहीं कर रहे हैं जबकि अगर इस इनकी अल्लाह की कुदरत अल्ला की, की कारीगरी पर देखोगे तो मेरे भाई आप ढूंढते चले जाओगे ढूंढते चले जाओगे मेरे भाई आप अल्लाह की कुदरत को ढूंढते चले जाओगे आप आखिर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो मेरे भाई दौलत से आप खाली जो है चश्मे ही खरीद सकते हैं एक से एक अच्छे से अच्छा पैसों से आप चश्मा खरीद सकते हैं लेकिन मेरे भाई ये आंखें थोड़ी ना खरीद सकते हैं इसी तरीके से मैं भाई पैसों से आप किताबें खरीद सकते हैं लेकिन इल्म थोड़ी ना खरीद सकते हैं इसी तरीके से मैं भाई पैसों से आप क्या कर सकते हैं घड़ियां खरीद सकते हैं एक से एक अच्छी सी अच्छी वीआईपी से वीआईपी घड़ियां आप घर में लगा सकते हैं लेकिन वक्त थोड़ी ना खरीद सकते हैं इसी तरीके से मेरे भाई पैसों से आप कलम पेन एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खरीद सकते हैं लेकिन आप इससे लिखाई थोड़ी ना खरीद सकते हैं मेरे भाई पैसों से आप दवाएं खरीद सकते हैं दवाएं एक से एक महंगी से महंगी दवाएं एंटीबायोटिक दवाएं लेकिन आप इससे सेहत थोड़ी ना खरीद सकते हैं ये जो हमें सेहत मिली इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने वरना तो बहुत सुलूक इतने परेशान हैं इतने परेशान हैं कि मेरे भाई अगर हॉस्पिटल में जाके देखो तो करवट लेने तक के मुहताज है करवट भी लेना है तो कोई दूसरा हाथ लगा तब पाना है इस पर तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए इसी तरीके से मैंने भाई आप पैसों से क्या खरीद सकते हैं ऐश वत खरीद सकते हैं लेकिन मेरे भाई सुकून थोड़ी ना खरीद सकते हैं इसी तरीके से मैंने भाई आप पैसों से क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छे तकिये और बिस्तर नलम नलम बिस्तर मजेदार बिस्तर संग के बिस्तर सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन मेरे भाई नींद थोड़ी ना खरीद सकते हैं ये नींद कितनी बड़ी है है कितनी बड़ी है। अगर ये नींद नहीं होती तो हमारी ज़िंदगियों में सुकून होता बिल्कुल भी नहीं होता, होता तो देर लेट जाता है लेकिन वो सारी की सारी टेंशन दूर हो जाती भूल जाता उन सारी चीजों अगर ये नींद ही ना बनाते तो फिर सोचो हम लोग कितनी टेंशनों में जी रहे होते हैं कहीं भी सुकून नहीं होता किधर भी चारों तरफ ये रात अल्लाह ने बहुत नेमत की चीज़ बनाई है कि दिन में काम करना रात में देखना आमतौर पर हमें नींद कब आती है जब हमें सुकून मिलता चारों तरफ से कहीं से आवाज ना आती हूँ रात में इसीलिए हर कुछ काम बंद हो जाता है अल्लाह ने ये सिस्टम बना दिया हर कुछ काम बंद हो जाता है और आपको यहाँ तक के लाइट वाइट सब बंद हो जाती है और आपको सुकून से नींद आती है तो मेरे भाई हर चीज में पैसा पैसा नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए Allah का का करना चाहिए। ये दिल कितनी बड़ी बड़ी है, है। है बहुत बड़ी है। एक का किस्सा है एक 80 साला एक बुजुर्ग बुजुर्ग किस्सा कि 80 हॉस्पिटल में गए उनके दिल का ऑपरेशन हुआ। जब दिल का ऑपरेशन हो गया तो उनका खर्चा आया 8 लाख रूपये उनका खर्चा आया 8 लाख रुपए का भेज ये देखकर वो बुढ़ा रोने लगा, वो बुजुर्ग आदमी रोने लगे तो वो रोते हुए उस आदमी को देखा तो डॉक्टर ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। कहा मैं इस बिल को देखकर रो रहा हूं, तो वो डॉक्टर बोला अगर ये बिल ज्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूं, कहने लगे नहीं कहने लगे नहीं ये बिल तो हमारे लिए कुछ नहीं है अगर ये दस लाख का भी होता तो मैं देने की ताकत रखता हूँ लेकिन रोना तो हमें सिर्फ इसलिए आ रहा है कि 80 साल तक जिस अल्लाह ने इस दिल की हिफाजत करी आज तक उसने एक रुपया नहीं लिया एक हमसे बिल नहीं मांगा लेकिन आज तुमने तीन घंटे में हमसे 10 लाख रुपए मांग लिए 8 लाख रुपए मांग लिए अल्लाह हमारा कितना बड़ा है कि उसने वो हमारे दिलों और हर चीज की कैसी हिफाजत करता है कैसी उसने उसके पास वो पॉइंट हैं जिनसे वो सारी चीजें हिफाजत करता और हमसे कुछ भी नहीं मांगता लेकिन हमें क्या है उसका शुक्र अदा करना चाहिए कम से कम अगर दौलत मांगी जाए उसके बराबर तो हम नहीं दे सकते लेकिन हमें उसका शुक्र अदा करना है यही बराबर हो जाएगा कम से कम से। तो मेरे भाई हर चीज जो आपको मिली अल्लाह ने दी है मेरे भाई उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो ये हमारी आखे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए की ये हम जो है ना गलत सलत चीज़ें इनसे ना देखें कान से हम गलत सलत चीज़ें ना सुनें इनसे तभी तो शुक्र अदा होगा तो अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफीक अदा फरमाए आमी